आज हम सत्या स्टडी में सीखेंगे ई वी सी स्टार्ट करते हैं ए फॉर एप्पल वी फॉर बाल सी फॉर कैट डी फॉर डॉग ई फॉर एग एफ फॉर फिश जी फॉर गोट एच फॉर हाइट आई फॉर इग्लू जे फॉर जैम के फॉर किंग एर फॉर लाइन एम फॉर मून एन फॉर नेट ओ फॉर अरेंज पी फॉर पिक क्यू फॉर क्वीन आर फोर रॉकेट एस फोर सन टी फोर थ्री यू फोर अम्बरेला वी फोर वैन डब्ल्यू फोर वाच और यक्स फॉर फॉक्स वाई फॉर योयो जड फॉर जीप थैंक यू सो मच